नमस्कार दोस्तों मैं कमलेश चौधरी फिर से द मै जिका वर्ड में आपका तह दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं पॉजिटिविटी के शब्दों को एक कविता के माध्यम से आपके बीच में लेके आया हूं और इन शब्दों में मैंने गागर में सागर भरने की कोशिश की है और हां दोस्तों एक और मेन बात कि ये जो शब्द इन कविताओं में मैंने कहे हैं ये हर एक दिल के हैं बस मैंने इसमें आपके ही दिल की बात आपके ही दिल तक पहुंचाने की कोशिश की है तो दोस्तों प्लीज़ इन शब्दों को ध्यान से सुने इन शब्दों को समझने के बाद मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में जो कुछ नया करने का सोच रहे हैं कोशिश कर रहे हैं मुझे पक्का विश्वास है कि आप फिर कदम उठाएंगे पक्का आपका पहला कदम उठेगा इन शब्दों को सुनने के बाद दोस्तों शीर्षक है कि कभी वक्त ने किया था मुझे बर्बाद अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूं जी हाँ यह शीर्षक है इसका की उड़ान तो मेरी आकाश से भी ऊंची है की उड़ान तो मेरी आकाश से भी ऊंची है लक्ष्य तक मेरी सोच भी पहुंची है लक्ष्य तक मेरी सोच भी पहुंची है बस पंख फैलाने से डर रहा हूं कभी वक्त ने किया था मुझे बर्बाद अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूं तजुर्बे की गहराई तो मेरी समुद्र से भी गहरी है तजुर्बे की गहराई तो मेरी समुद्र से भी गहरी है बस यही आकर सोच मेरी ठहरी है कोई आकर याद दिला दे हुनर मेरा ही मुझे कोई आकर याद दिला दे हुनर मेरा ही मुझे बस उसी वक्त का इंतजार कर रहा हूं कभी वक्त ने किया था मुझे बर्बाद अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूं जानता हूं मैं जानता हूं मैं मुझमे कुछ अलग है बात जानता हूं मैं कुछ मुझमे है अलग बात बदल सकता हूं मैं भी अपने हालात बदल सकता हूं मैं भी अपने हालात फिर भी कदम बढ़ाने से डर रहा हूं भी कदम बढ़ाने से डर रहा हूं कभी वक्त ने किया था मुझे बर्बाद अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूं आगे बढ़ने का जुनून तो धरती से बड़ा है मेरा आगे बढ़ने का जुनून तो धरती से बड़ा है मेरा पर दिमाग पर है निराशाओं का पहरा पर दिमाग पर है निराशाओं का पहरा बस उनके हटने का बस उनके हटने का इंतजार कर रहा हूं कभी वक्त ने किया था मुझे बर्बाद अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूं चाहत तो आसमां की बुलंदी को छूने की है मेरी चाहत तो आसमा की बुलंदी को छूने की है मेरी कोई आकर कह दे बस मुझे आगे बढ़ने का कोई आकर कह दे मुझे बस आगे बढ़ने का इसी बात की है देरी और इसी बात के इंतजार में मर रहा हूं कभी वक्त ने किया था मुझे बर्बाद अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूं एक दिन जब वक्त से मुलाकात हुई एक दिन जब वक्त से मुलाकात हुई बातों बातों में जब बात हुई बातों बातों में जब बात हुई वक्त तो मुझे हर वक्त मौका देता गया वक्त तो मुझे हर वक्त मौका देता गया और मैं वक्त को ही कसुरवार कर रहा हूँ और मैं वक्त को ही कसुरवार कर रहा हूँ वक्त ने मुझे कभी नहीं किया था बर्बाद मैं खुद को ही बर्बाद कर रहा हूँ दोस्तों इन शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हम अपना वक्त खुद बर्बाद कर रहे हैं वक्त में हर पल मौका देता है हर पल हर पल कहता है कि आप कुछ भी कीजिए आप पूरी तरीके से आज़ाद है हम किसका इंतजार कर रहे हैं हम वक्त को कैसे कसूरवार ठहरा सकते हैं नहीं वक्त हमें बर्बाद नहीं कर रहा है हम खुद अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं अब इस समय को बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों हमेशा नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूँढिए तभी आगे बढ़ेंगे तभी आप सही दिशा में सही रास्ते पर जाएंगे दोस्तों आखिरी में फिर यही कहूँगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत जल्दी मैं और अच्छे टॉपिक लाने वाला हूँ बस अपना काम है नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढना देट सॉल्व मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कमलेश चौधरी द मैजिक ऑफ बर्ड में फिर बहुत जल्दी मिलेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मिलते हैं